तो करते महावीर चरणों में गिर के चरणों में गिर के चरणों में गिर के, के चरणों में गिर के चरणों में वीर के हम तो बीनती करते महावीर के चरणों में गीर के हम तो बीनती करते महावीर महावीर विक्रम बजरंगी कुमती निवार सुमति के संगी महावीर विकरंग बजरंगी कुमती निवार के दिखाए वो तो सभा में दिखाए छा चिर के चरणों तो में गिर के हम तो अपन तेज संहारो आप तीनों कापे अपन तेज संारो बाप तीनों कापे मैं तो कहाँ बखानू मैं तो कहाँ ले बखानो है तो वीर के चरणों में भी के लाय सजी मन लखन जिया श्री रघुबीर हर सबूर लाय सजीमन जियायो जिया रघुबीर हरस उड़ वो तो पढ़ते बुठाए धौला गिर के चरणों न गिर के ना मी ती कर महावीर गिर के चरणों में गिर के चरणों में गिर के चरणों में गिर के हम मेनती करते महाली चरणों में गिर के हम मेहनती करते महावीर के चरणों में गीर के